नमस्कार दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी रेड थ्रेड के बारे में इस मूवी में हम देखेंगे एक लड़का और एक लड़की सात साल बाद मिलते हैं तो वो रह नहीं पाते हैं और आगे क्या क्या करते हैं हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे पर इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि इस तरीके की मूवी की एक्सप्लेशन आपको मिलती रहे मूवी शुरू होती है और हम एक ब्यूटीफुल एयर होस्टेज अप्रैल को देखते हैं वह एक जगह हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनने लगती है तभी उसके बगल में एक लड़का आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है जिसका नाम है मैनवर। अब लड़का देखता है कि एब्रल को सॉन्ग प्ले करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसकी हेल्प करता है एब्रल उसे स्माइल देती है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं अब किस्मत इन्हें फिर मिलाती है क्योंकि इनकी फ्लाइट सेम होती है एब्रल एक बच्चे के साथ आती है और मैनुल से कहती है वह बच्चा अकेले सफ़र कर रहा है और इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है इसलिए तुम इसका ध्यान रखना फ्लाइट टेक ऑफ करती है और मैनुअल एब्रल के पास जाता है एब्रल कहती है तुम्हें नींद नहीं आ रही है वह कहता है उसे फ्लाइट सीखने से फिर वो उसके काम के बारे में पूछती है मैनुअल कहता है वह वाइन बनाने का काम करता है तभी दोनों देखते हैं एक दूसरी एयर होस्टेस किसी आदमी को किस कर रही थी जिसे देख दोनों मुस्कुराने लगते हैं मैनअल एब्रल से फ्लर्ट करने लगता है भी वही एयर होस्टेज आ जाती है जो अभी अभी अंदर मजे कर रही थी मैनुअल वहां से चला जाता है पर कुछ देर बाद वो फिर से एब्रल के पास जाता है एब्रल कहती है यहां बार बार मत आओ मुझे काम करना है मैनुअल उसके टैटू के बारे में पूछता है एब्रल कहती है ये उसके एक्स बॉयफ्रेंड की निशानी है वो अपने 28 पे बना हुआ टैटू भी दिखाती है और मैनुअल को जाने को कहती है तभी फ्लाइट झटका देती है और मैनुअल लड़खड़ा जाता है एब्रल उसे संभालती है और फिर दोनों वहीं किस करने लगते हैं मैनुअल फ़्लाइट के बाद उससे डिनर के लिए पूछता है एब्रल मान जाती है फ्लाइट लैंड होती है एब्रल मैनुअल का वेट करती लेकिन कस्टम में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से पैसेंजर के बाहर जाने पर रोक लगा दी जाती है उन दोनों के पास एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था जिस वजह से वह एक दूसरे को फ़ोन भी नहीं कर पाते हैं अब सात साल बीत जाते हैं एब्रल की शादी ब्रूनो नाम के एक स्टार से हुई और उसका एक बेटा भी है वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की भी एक बीवी है और उसका एक बेटी है उसकी बीवी का नाम है लोरा ब्रूनो को अपने शो की वजह से अक्सर ट्रेवल करना पड़ता है और एब्रल तो पहले से ही एयर होस्टेस है इसलिए उसका ज़्यादातर टाइम प्लेन में ही बीतता है अब एब्रल को कोलंबिया की फ्लाइट पकड़नी थी और उधर मैनअल भी कोलंबिया के लिए निकल रहा था अब वो दोनों एक ही होटल में चेक इन करते हैं एब्रल उसे इग्नोर करती है और जाने लगती है तब मैनुअल कहता है क्या तुम मुझे भूल गई मैंने तुम्हें कितना ढूंढा? अब रूप पर एब्रल कहती है मैंने एयरपोर्ट पर उस दिन पाँच घंटे इंतजार किया था मैनुअल बताता है उस दिन तो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं आ पाया था अब दोनों डिनर पर एक दूसरे को अपनी फैमिली की फोटो दिखाते हैं एब्रल कहती है मिल गया तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार पर मैनुअल कहता है यह प्यार हमारे बीच भी, भी हो सकता था पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था मैनुअल कहता है मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था एब्रल कहती है तुम्हे एक किस्म में ही मुझसे प्यार हो गया उसके बाद वो वहां से चली जाती है और अपने बॉस की पार्टी ज्वाइन करती है उसे मैनुअल दिखता है जो अपने रूम की विंडो से उसे देख रहा था एब्रल उसे अपने साथ डांस करने को कहती है डांस करने के बाद दोनों अकेले में चले जाते हैं एब्रल उसे गाल पर किस करके जाने लगती है मैनुअल उसे पकड़ लेता है और लिप किस करने लगता है दोनों बेकाबू हो जाते हैं लेकिन एब्रल वहां से चली जाती है फिर दूसरे दिन दोनों एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं कुछ देर बाद एब्रल मैनुअल को किस करने लगती है तभी बारिश होने लगती है और वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं और जल्द से वापस होटल आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं तभी मैनुअल के वाइफ का काल आता है और मैनुअल झूठ बोलता है कि वो एक मीटिंग में बिजी है एब्रल अपसेट हो जाती है और मैनुअल से कहती है वह गलत कर रहे हैं और वो दोनों अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं और वहाँ से चली जाती है अब कई दिन बीत जाते हैं मैनुअल का काम में मन नहीं लग रहा होता है वो बार बार एफ पर एब्रल की फोटो देखता है और मैसेंजर पर मैसेज करता है एब्रेल उसका मैसेज पढ़कर रिप्लाई नहीं करती है मैनुअल दुखी हो जाता है अगले सीन में हम लोरा को देखते हैं जो ब्रूनो की फोटो शूट कर रही थी तभी वहाँ मैनुअल आ जाता है एक बार फिर एब्रल और मैनुअल का आमना सामना हो जाता है ब्रूनो और लोरा शो में बिजी हो जाते हैं और मैनुअल एब्रल के पीछे से टच करने लगता है और कहता है यहाँ से बहाना करके चलते हैं और होटल में जाकर मजे करेंगे एब्रैल गुस्सा होकर चली जाती है और मैनुअल अपने होटल चला जाता है अब एब्रैल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और होटल रूम में आ जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं जिस वजह से एब्रैल अपने बेटे को स्कूल से पिक करना भूल जाती है ब्रूनों को उसे पिक करना पड़ता है एब्रैल को फिर से गिल्टी फील होता है अब अगले सीन में लोरा मैनुअल और एब्रेल की कुछ फोटो दिखाती है जो उसने स्टूडियो में क्लिक की थी और उनके अफेयर का उसे पता चल जाता है पर लोरा कहती है तुम्हें मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाली नहीं मिलेगी दूसरी तरफ एब्रल भी अपने गिल्ट के कारण ब्रूनो को अपने अफेयर के बारे में बता देती है ब्रोनो बहुत गुस्सा होता है और कहता है तुम्हें मैं और तुम्हारा बेटा कभी माफ़ नहीं करेंगे अब एब्रल मैनुअल को मैसेज करती है और वह उसे लेने आता है अब मैनुअल एयरपोर्ट से पहले ही टैक्सी से उतर जाता है और उसे भी इन सब का गिल्ट होता है एब्रल उसे परेशान देख टैक्सी के अंदर से मैसेज करती है कि वो उसे और नहीं मिल सकती एब्रल टैक्सी करके वापस अपने घर चली जाती है और मैनुअल भी उसे नहीं रोकता अब यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है थैंक्स फॉर वॉचिंग